कुछ कोइंसिडेंटली इंसिडेंट ली हो oh, the... oh, hmm. कुछ अनएक्सपेक्टेड हो हेलो हम्म hmm? आ गया आ गया सुकुन चुरा ने बोआ गया, गया बुई? कौन? बुई बुई? अरे बुई, बताना? अरे अपने एग्जाम का टाइम टेबल आ गया यार अच्छा लगता है लाइफ में जब नई नई दोस्ती होती है ये दोस्ती हम नहीं। नहीं नहीं प्यार होता है आपके प्यार में हम सवरने लगे देख के आपको हम निखलने लगे लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ के मंजिल ले रहे होते हैं मगर ये सब जब सही समय पर ना होना तब शायद लाइफ हमारी मंजिल लेने लगती है वो भी ऐसे जो हमने कभी सोचा भी ना हो